बैक टू माय चैनल सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा अपर लिप वैक्स जो कि मैं अभी करने वाली हूँ और मैं थ्रेड बहुत ही रेयर करती हूँ क्योंकि मुझे थ्रेड से जल्दी हेयर ग्रोथ आते हैं और वैक्स से थोड़ा लाइक टू मंथ्स या वन एंड हाफ मंथ्स तक मेरा चल जाता है सो so, इसके लिए मैं वैक्स सो so, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं कैसे वैक्स करती हूँ सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोज आप देख सकते हो यहाँ पर हेयर बहुत ही ज़्यादा है मेरा और पेन होने वाले थोड़े इस बार थोड़ा ज़्यादा ग्रो हो गया है काफ़ी है सो so, ये मैं कैसे रिमूव करती मैं दिखाती हूँ सो so, ये है मेरा वैक्स और मैं इसे लगा लूँगी इधर इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है हल्का गर्म करना है हाफ पहले हाफ़ करना है फिर हाफ़ करना है एक साथ पूरा नहीं हो सकता है सभी पेन होने वाला है मुझे सो मैं ऐसे थोड़े थोड़े पहले निकालूंगी देख रहे हो अभी मैं इसे फोल्ड कर दूंगी और मैं इस साल बहुत पेन हो रहे बट इट्स ओके स्टिल फाइन आई कैन मैन्यूज बट आपको ध्यान से करना है जब आप निकालते हो ना तो आराम से खींचो धीरे से नहीं आप देख सकते हो हाफ हो गए हैं ये मेरा एक बार में पूरा निकल जाता है मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है और छोटा छोटा रहे भी तो मैं वो थ्रेड से कर लूँगी बट वैक्स मैं एक ही बार करती हूँ सो ये हाफ़ हो गया है और हाफ एयर भी अभी मैं हाफ़ लगाऊँगी सेम तरीके से लगाना है हाफ़ हाफ इससे क्या होगा आपको पेन भी लेस होंगे और अच्छे से क्लीन हो जाएँगे बहुत पेन हो और सब देख सकते हो डिफरेंट लग रहा है अभी वैक्स हो गए हैं पूरे अच्छे तरीके से निकल गए हैं पूरे अच्छे से क्लीन हो गया सो so ये था मेरा आज का वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ताकि मैं और भी आगे वीडियो ऐसे बनाते रहूँ आप लोग के लिए सो थैंक यू सो मच